गते दाल दाल पर ना प्रगते हैं नंद के किशोर डाल डाल पर कोयल खो के वन में नाच भा महीना प्रगते हैं नंद क्यों डाल पर कोयल तो। को नो आदू के महीना सुबह असम आई आदू के महीना सुबह असम आई आधी आधी रात में के महीना सुबह समी आई आधी आदि रात में प्रगत जदुराई हम बरसे बारिश हम बर बरसे बारिश कटा गिरे जन उठाए पसीर धारीकर यमुना किनारी उठाए पसीर धारी देकर पबुर के यमुना किनारी चरण चुन की उपा यमुन करण सुवन को जमुना करने लगी जाल साल बल कोयल मन तो में नाच लो के महीना स्वर्गदेव नंदो जाल साल बल कोयल तो में नाच लो ना a okay.